ले ले. आ, उ, उ, उ, उ, ले ले, बहुत तू एक काम कर तू नाम ही ले नहीं मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं आप मैं इनका नाम कैसे ले सकती हूँ पाप लगेगा मुझे कैसी बात कर रही है मम्मी जी पति का नाम नहीं लेते